आज मैं आपको दो ऐसे फैक्ट के बारे में बताने वाला हूं जो आप अपने डेली लाइफ में रोजाना यूज करते हैं फैक्ट नंबर वन क आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में कितने स्वादिष्ट खाना क्यों ना खा उस खाने का स्वाद आपको तब तक नहीं आगे जब तक आपके द्वारा खाए गए खाने में स्लाई वाला का मिश्र नहीं हो जाता है फैक्ट नंबर टू के आपको पता है कि पूरी दुनिया में लगभग ग्यारह लोग लेफ्ट हैंडर्ड होते हैं गाइजी अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो वीडियो को शेयर करना पड़े